चैनल कमला रेसिपी और बेल आइकन दबाना ना भूलें और इसके बाद आप वीडियो खोल वीडियो खोलकर हमारी को लाइक करें करें और सब्सक्राइब करें, और शेयर करें। आज मैं तुमको बेसन की मिठाई बनाना बता रही हूँ आप देखना कैसे बनती है मैंने बेसन का आटा गूंज के रख दिया है अब मैं बेसन की पूरी बनाऊंगी फिर इसको अपन मिक्सर में पीस गयी है चालू गैस कर दी है मैंने तो मैं, मैं लो ही करूंगी अभी इसकी गैस गैस चालू है अभी मैंने स्लो ही गरम की है गैस से लो करके रख दी है दोनों तो गरम होएगा भी फिर उसको तेज करूंगी मैं देखो मैंने ऐसे गोल की है इसको गोल करके इसमें तेल लगा है अपन चौकी पे और ऐसे बेलना को जैसे अपन पूड़ी बेलते हैं ना वैसे ही बेलते हैं चपक जाता है बेसन बेल बच्चे उसको कढ़ाई में डालना हो गई कढ़ाई देखो कड़ाई हो चुकी है मैंने पूरी छोड़ दी है देखो कैसे कैसी सीकेगी देखो इसको हाँ पेश कर दी गैस देखो अब वो सिकने लगी पूरी ऐसे सेकना है आपको पूरी ऐसे ऐसी फिर निकालेंगे लाल पड़ जाएगी थोड़ी ज्यादा लाल भी नहीं करना आपको काली कर दो लाल माने लखी जैसे सेक गई पूरी और दूसरी डालना रही ऐसे सेकना है ऐसे सभी पूरी को सेक कर रखना है फिर इनका मिक्सी में अपन पीसेंगे इसको मिक्सर में तो से हवा लग जाएगी में अच्छे से अपन को पीसेंगे तो खट्टा होता होता है तो तो नहीं नहीं अच्छे से के तो तो तो हवा लग जाएगी फिर मिक्सर में पीसेंगे मेरी तो मैं उनको मोड़ूंगी ऐसे इसका तो बारीक हवा लग जाएगी फिर मिक्सर में इनको पीस लेंगे ठंडा हो जाएगा थोड़ा देखो मैंने इसका मिल ली इनको अब मेरे मिलकर मैं इनको मिक्सर में पीसूंगी मिक्सर में पीस रही ऐसे पीस के पूरा रखना है चुका है बेसन का मिठाई का भूरा मैं भूज रही हूँ अब इसको कैसे भूंजना है ये देखो आप इसी में, में, में मैं बनाऊंगी बनाना चाहिए ज्यादा तेज आँच में भी नहीं भूजना एकदम से तेज आँच में नहीं भूंज रहा मध्य आँच में भूज लो जिसमें नीचे लगेगा तो बड़ा काटा कासन लगेगा भूजने में भूनने में। भूजो मध्य हाथ से इसको। में भूजोगे तो अच्छा स्वाद भी अच्छा आता है और जला हुआ भी नहीं लगता तो इसमें भूजोगी तो जल भी सकता है अभी इसमें मैंने घी नहीं डाला है इसको मैं अच्छा गरम। बाद गर्म उसमें घी नीचे नहीं लगा मैंने मध्य आँच में भूंज रही हूँ खूनना है तो नीचे लग जाए खा। अभी नहीं घूंग अभी दस मिनट और लगेंगे मध्य आँच में भूंज रहा है इसलिए लग रहा अभी मैंने घी भी नहीं डाला डालू ना गर्म और हो जाए डाल लेते हैं गुठली पड़ जाती है इसलिए खूब गर्म हो जाते हैं ना लाल सा अदुन जैसा हो जाएगा तभी डालूंगी मैं भी मैंने लगा है अभी थोड़ी देर और है। मैं भी डालूंगी आपके पास देसुगे हो तो या डाल्टा भी डाल सकते हैं आपको जैसा भी अच्छा लगे शुद्ध घी भी डाल सकते हैं और डाल्टा भी डाल सकते है जितना आपको अच्छा लगे ज्यादा भी नहीं डालना तीन किलो का बेसन है एक कटोरी घी लिया है जो मैं डालूंगी इसमें मधी गैस कर ली है अभी घी मिलाऊंगी आप देखना कैसे मिलाते हैं इसको मिलाना है अच्छी तरह से मिलाना है ज्यादा लग रहा था इसलिए मैंने बच्चा लिया उसमें घी आपको ज्यादा भी नहीं डालना घी जितना पड़े उतना ही डालना जैसे घी से भी मिठाई अच्छी नहीं बनती मिल गया देख मैंने में लाल दिया पूरा है। अच्छे से मिल गया एक गुठली भी नहीं पड़ी इसमें वो फिक्का दिख रहा होगा मगर घुंज गया है थोड़ा और रहा है घूम चुका है अगर साबर आवाजा मगर नहीं लगता उसको नाम है, ना है। अच्छी लगी से। ना देना। जल नहीं पाच लग ना पाने जाना ही है मैंने बंद कर दी आपको अंदाज बढ़ जाएगा किसी डालना शक्कर और कित्ती नहीं डालना बेसन की मिठाई में दवा दबा के हल्के हाथ से दो गिलास हो गए ढाई गिलास से रोती हूँ। एक गिलास से मैं सब करना तो नहीं थी। मैंने दो गिलास शक्कर डाल ज्यादा जान मीठी होगी ना सीटी रखेगी अब मैं इसमें पानी डालूंगी घर के एक गिलास अब मैं गैस चालू करूंगी मैं गैस चालू कर दी देखो अभी नहीं चाशनी है चास चल रही है दस मिनट तो लग जाते हैं उसमें बनाने में ज्यादा तेज में बनाते हैं तो एकदम बेसन की मिठाई इसलिए मध्य माच में बनाने के लिए कुछ दे नहीं होगी तो दोनों मैं आपको ये बताती हूँ थालियों में तेल लगा के रख लेती हूँ दोनों तो तैयारी कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा तेल दोनों में डाल दिया थाली में को बनाने की पूरी तैयारी ये मिठाई रंग है इलायची पाउडर है ये मेरा बूरा है आपको अच्छा लगे बूरा तो बूरा डालिए इलायची पाउडर अच्छा लगे तो इलायची पाउडर डालिए थोड़ा सा मेरे मिठाई रंग लिया है जितना कलर बनाना उतना ही प्लेट में जो देखो जमने लगी पानी में चेक कर सकते हैं आप। मैं गैस बंद कर रही हैं फिर देखूंगी पाउडर मिठाई डाल रहे हैं इलायची पाउडर डाल रहे हैं अच्छा लगे तो लालची पाउडर बेसन की मिठाई में रखी हूँ बंद कर दी जहां कि नहीं तो होली त्यौहार पे मैंने बेसन की बर्फी बनाई है आपको कैसी लगी आप मुझको बताना कमेंट करके